परेश हरे धान पो दे या किसिए आ लिए, अरे यहाँ किस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 Ragiyaman hai, iski saan hai. Nee nii nii pawa nii zawa.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 <ईन्वेल> <जाती शुणौ। दिया। एन्वेल> <सुछ। वी दिया। एन्वेल> ये ति संपूर्णी जो की आके मध्य आली की अबे ये बुझा पार आली जन दाह भजे अरे नाथ दह भजे तेरे सिंगे यह तू ही ईश्वर ये जो है ये जो है ये जो है ये जो है भगवान का साथ किसी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 आहा आवाज भाई की आवाज है समाज विराजमान